संविधान प्रजातंत्र का वो ग्रंथ जो कि भारतीय नागरिक की भारती के सुरक्षा के लिए बनाया गया है संविधान सभी के लिए एक समान है चाहे वो किसी भी जाति धर्म या समाज का हो लेकिन क्या आपको पता है दो सौ पेज वाले संविधान को किसी भी प्रिंटिंग प्रेस में या टाइपराइटर से नहीं छपवाया गया इसे खुद अपने हाथों से लिखा है प्रेम बिहारी नारायण राय ने और इसे लिखने में दो साल ग्यारह महीने और लगभग अठारह दिनों का समय लगा था इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है की हाथों से लिखे जाने के बावजूद भी पूरे संविधान में एक भी गलती नहीं है और जब संविधान लिखा गया तब उसमें तीन सौ आर्टिकल 8 आर्ट शेड्यूल्स और 22 पार्ट थे जब संविधान लिखा गया तब ऐसा नहीं था कि उसमें सारी ही चीज़ें सही थी कोई कमी नहीं थी या कोई गलती नहीं थी पर यह बात संविधान बनाने वालों को बखूबी पता था और आगे चलकर संविधान में बदलाव किए जा सके इसके लिए भी एक आर्टिकल बनाया गया था वो हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक बने रहिए हमारे साथ एंड प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द खल न्यूज